हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है सवाल नंबर वो कौन सी चीज है जो इंसान को दो दफा मिलती है लेकिन तीसरी दफा खरीदनी पड़ती है जी हाँ, इसका जी इसका जवाब दांत। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि दांत दो तरह के होते हैं जो पहले उगता है बच्चे का उसको कहते दूध का दांत दूध का दांत उखड़ने के बाद इंसान को परमानेंट आता है जो परमानेंट टीत उखड़ने के बाद इंसान को नहीं मिलता है उसको खरीद दुनिया का वो कौन सा मुल्क है जिसके नाम तीन हैं? जी हां, उसका जवाब होगा हमारा प्यारा भारत, हिंदुस्तान, हिंदुस्तान इंडिया। ये की तस्वीर। नंबर सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है जी हाँ सूरज सबसे पहले किस मुल्क में निकलता है इसका जवाब होगा जापान में जी हाँ ये जापान में सबसे पहले सूरज निकलता है सवाल नंबर चार वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान साफ करता है जी हाँ ये सवाल ही कुछ ऐसा है कि वो कौन सा जानवर है जो जुबान से अपने कान को साफ करता है जी हाँ इसका जवाब होगा जिराफ जी हाँ जिराफ की तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं और ये जिराव की लंबी जुबान जो अपनी जुबान की मदद से अपने कान को ही साफ करते हैं सवाल नंबर पाँच वो कौन सा जानवर है जो सबसे ऊँची छलांग लगा सकता है जी हाँ इसका जवाब कंगारो ये कंगारू को तस्वीर आप लोग देख सकते हैं नंबर इंसान इंसान इंसान इंसान एक एक दिन में एक दिन में में कितनी दफा दफा सांस सांस लेता लेता है? है जी इसका जवाब होगा तकरीबन ये के फेफड़े हैं जिसके तो तो से सांस लेते हैं सवाल नंबर सात इंसानी जिस्म का वो कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पे सबसे जल्दी ठीक होता है जी हाँ इसका जवाब होगा जुबान जुबान इंसानी जिसम का एक ऐसा अजा है जो जिसे चोट लगने पर जल्दी ठीक हो जाता है ये इंसान के जुबान को आप लोग देख सकते हैं सवाल नंबर आठ दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी कौन सी है जी हाँ इसका जवाब अफ्रीकन ब्लैक वूड है जो आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं अफ्रीकन ब्लैक उड़ को। सवाल नंबर नौ वो कौन सा जानदार है जो साल में एक करोड़ अंडा देता है ये सोचने के लिए ताजुब की बात है ये ताजुब वाले सवाल कि ये कौन सा जान वह जानदार है जो साल में एक करोड़ अंडा देते हैं इसका जवाब होगा ब्लूफिन टूनाफिस जी हाँ ब्लू फिन को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सवाल नंबर दस दुनिया के सबसे कीमती और महंगी धात कौन सी है जी हाँ इसकी ज, इसका जवाब होगा प्लाटिनियम बनिस्बत सोना के जी हाँ प्लाटिनियम को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आखिर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा इसको कॉमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर कॉमेंट्स करें